आ, क्या बोलती की होते है कंपनी होती है इधर से। बंटा है और बंटा याद है वाले ना आ फिर से आगे ले। आ, क्या कंपनी है? बहुत बन रहे अगले लकड़े भोजपनी थर्टी सेवन सत्तर सत्रह तक पैसा क्या बोलते है कंपनी अगले लकड़े भोजपा उी लौड़े समझेगा मेरा मेरे, मेरे दूसरे रहा, रहा, के, के घर पेगा आई मीन ध्यान दे रहा हम तू कॉपी कर रहा मेरे को बोल रहा इंस्पिरेशन लिए इसलिए जान मेरा तो वो लड़की के लिए मम्मा जान मेरा कौन भी फोटो काट के बोल रहा स्टैंड दोस्त मेरा तू थोड़ी बड़े घर रे बड़े के लिए पैसे देरा ये रेसिपी के कर रा परना ब्लू के अंदररा इते शाना सोली की मां की चित में पईर मेरा ओ नहीं ये दोस्त मेरा कौन बोल वो दोस्त मेरा बात छोड़ दे बटन पैनलला बटन क्या बोलते रता नन मोली की नहीं या खराव किधर भी जाओ लेकिन इधर मत मराओ देश मेरे ने गा की या पासपोर्ट वीजा कराओ छोटरेदारे घूम रहे एकदम बेफिकर एक नजर फिर कौन आप क्या चाहिए देखो वस्तु बोल आपकी इज्जत प्यारी है तो दूसरों की फिकारत पूरी जिंदगी राय का डर एक आ, मेरे नाते वो एक जलती। मेरी बोलती छोड़ दे मैंने घर का वो भी सही ये शोरी नहीं के करती Let's uh go. -huh.